हाँ तो दोस्तों कैसे हो सारे आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के वीडियो में काफ़ी सारे मिथ्स काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशनस और काफ़ी सारे मिस्टेक्स के बारे में जो कि काफ़ी सारे लोग करते भी हैं इंश्योरेंस लेते टाइम में और कुछ ऐसे राज जानेंगे हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री के कुछ ऐसे शख्स जो कि आपसे छुपाए जाते हैं आपकी इंश्योरेंस कंपनी हो चाहे वो हो आपका इंश्योरेंस एजेंट आपको पॉलिसी बेचते टाइम ये सारी चीज़ें वो आपसे छुपा लेता है लेकिन हम इस वीडियो में उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि और वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि कोई भी इंश्योरेंस लेते टाइम आप कंसीडर कर सकते हैं तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का अपनी हेल्थ का और इवन वेल्थ का भी ध्यान काफी अच्छे से रख भी रहे होंगे तो दोस्तों दोस्तों यहां पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि काफी सारे लोग करते भी काफी सारे अननेसेसरी इंश्योरेंस को वो अपने इंश्योरेंस पोर्टफोलियो के अंदर में एड करते हैं दोस्तों इंसान को दुनिया जिंदगी में सिर्फ दो ही तरीके की इंश्योरेंस की जरूरत होती है पहला हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंश्योरेंस दूसरा टर्म लाइफ इन दोनों के अलावा आपको किसी भी जरूरत है ही नहीं लेकिन उनके पास वो लोग क्या करते हैं वो लोग इतने अनसिक्योर होते हैं कि उनके पास ये दो इंश्योरेंस ऑलरेडी मौजूद हैं लेकिन वो फिर हेल्थ इंश्योरेंस होने के बाद भी अलग अलग स्पेसिफिक डिजीज का इंश्योरेंस लेते हैं इवन उनके पास अच्छे एक्सीडेंटल राइडर्स मौजूद हैं उनके पास अच्छा टर्म इंश्योरेंस मौजूद है लेकिन वो जाकर के ट्रेवल इंश्योरेंस लेते हैं और काफ़ी सारे टाइम तो ऐसा होता है कि सिर्फ वो उनकी प्रीमियम देते हैं उनको काफ़ी पूरी ज़िंदगी में वो कभी काम आते ही नहीं है इंश्योरेंस तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल भी मैं सही नहीं बोलूँगा कि आप इतना ज़्यादा अपने आप को ओवर इंश्योरेंस कर लें कि उसका बर्डन आपके पॉकेट के ऊपर जाए और आप अपने इन्वेस्टमेंट्स भी ना कर पाओ जिस वजह से तो और इतना अनसिक्योर होना भी ऐसे सही नहीं है अगर आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस है एक अच्छा टर्म लाइफ इंश्योरेंस है जिसका कि एक अच्छा खासा अमाउंट का सम uh, एश्योर्ड है तो आपको ये मोर देन इन्फ होता है इसके अलावा आपको किसी भी इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है जो कि इंश्योरेंस राइडर्स काफ़ी सारे लोग गलती यह करते हैं और इवन उनके एजेंट्स भी उनको यह करने की सलाह देते हैं वो क्या करते हैं उनके जो राइडर्स हैं चाहे वो क्रिटिकल इन्नेस राइडर हो चाहे वो डिसेबिलिटी राइडर हो वो हर तरीके के राइडर उनके हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में अटैच करा देते हैं दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम होती है आपके साथ में देखिए कि जो आपके जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो हमेशा फ़िक्स नहीं होता वो हमेशा आपकी एज के साथ में बढ़ता रहता है और जैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ता है उसी के साथ साथ आपके राइडर्स का भी प्रीमियम बढ़ जाता है लेकिन अगर आप अपने राइडर्स का जो है अपने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में ना अटैच कर के अपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस के साथ में अटैच करें तो जब भी आप अपना टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तभी आपका जो है प्रीमियम फिक्स हो जाता है और उसके साथ में जुड़े हुए जो राइडर्स हैं आपके उनका भी सभी का आपका जो है प्रीमियम फिक्स हो जाएगा अगर आप अपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस के साथ में अटैच करोगे अपने राइडर्स को तो तो हमेशा आपको ये भी जरूरी है देखना कि आपके जो राइडर्स हैं वो आपके टर्म लाइफ इंश्योरेंस के साथ में अटैच हो ना कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में तो इसी के बाद दोस्तों हमारा अगला जो पॉइंट आ जाता है वो है जिस भी कंपनी से आप अपना इंश्योरेंस लेने जा रहे हो उस कंपनी को हर चेकलिस्ट के ऊपर खड़ा पाना बेसिकली दोस्तों काफ़ी सारे लोग यह गलती करते हैं वो कभी भी अपनी जिस भी कंपनी के रेशोज है जिससे भी वो इंश्योरेंस ले रहे हैं उसके कभी रेशो उसके ऊपर पे वो कभी ध्यान नहीं देते चाहे वो क्लेम सेटलमेंट रेशो हो क्लेम इनकर्ड रेशो हो चाहे फिर वो अमाउंट सेटलमेंट रेशो हो वो किसी भी चीज़ को नहीं देखते नहीं किसी रिजेक्शन रेशो को देखते क्योंकि उस कंपनी से उनको प्रीमियम कम मिल रहा होता है प्रीमियम कम देना होता है उस कंपनी में तो वो किसी भी कंपनी से उठा करके इंश्योरेंस ले लेते हैं जिसमें कि बाद में जा कर उनकी फैमिली को प्रॉब्लम आती है जब उनको क्लेम चाहिए होता है उस कंपनी से तो और इसी के अलावा कुछ लोग गलती ये करते हैं कि वो काफ़ी सारी चीज़ें छुपा लेते हैं जिस भी कंपनी से वो इंश्योरेंस ले रहे हैं उससे वो क्या करते हैं उनको कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है वो बताते नहीं है उनको कुछ वो कुछ ऐसे काम करते हैं लाइक वो स्मोक करते हैं ड्रिंक करते हैं लेकिन वो बताते नहीं है जिस केस में अगर उनका बाद में जो है क्लेम जाता है और उन कंपनी को पता चलता है कि हाँ इस इस काम को ये करता था और ये चीज़ें इसने हमसे छुपाई हुई है तो ऐसे में उसका क्लेम रोक देते हैं और क्लेम नहीं देते हैं जिससे फिर उसकी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों आप अपना थोड़ा सा प्रीमियम बचाने के चक्कर में आप अपनी पूरी पॉलिसी को बर्बाद ना करें जरूरी होता है कि अगर आप कुछ करते हैं तो जरूर अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कन्वे कर दें। तो दोस्तों एक क्वेश्चन था जो कि मैं इसी वीडियो के अंदर कवर करना चाहूंगा क्या लोग एक कंपनी से ज्यादा से अपना टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं तो हाँ बिल्कुल दोस्तों ऐसा कर सकते हैं लोग आप अपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस को एक कंपनी से ज़्यादा से ले सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी ए कंपनी बी से आप आधा आधा करके ले सकते हो लेकिन इसमें आपको आपका प्रीमियम दो जगह जाएगा तो आपको थोड़ा प्रीमियम भी ज़्यादा देना पड़ेगा और यहाँ पर आपको एक पॉइंट को ध्यान में भी रखना ज़रूरी होगा कि आपका जो भी सम्योर्ड है टर्म लाइफ इंश्योरेंस का वो टोटल में ट्वेंटी यानी आपके जो साल की इनकम है उससे बीस गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर ऐसा होगा तो वो ओवर इंश्योरेंस की कैटेगरी में जाएगा और उसका कोई भी फायदा आपको नहीं मिलने वाला है वो आपको कभी भी क्लेम पास नहीं होगा तो ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो कि आपके टर्म लाइफ इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड है वो कम से कम दस गुना हो आपकी साल की इनकम का और ज्यादा से ज्यादा वो बीस गुना हो इससे ज्यादा ना हो दोस्तों यहाँ हमारा पांचवां पॉइंट आ जाता है जो कि काफी सारे लोग ये गलती भी करते हैं कि वो इंश्योरेंस एक्ट का जो सेक्शन 45 है उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं लाइक like, सेक्शन 45 की बात हमने पिछली वीडियो में की थी लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ तो सेक्शन 45 बोलता है कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो किसी कंपनी से और टर्म इंश्योरेंस कंपनी को आप किए गए किसी फ्रॉड के बारे में पता चलता है और आपको पॉलिसी लिए हुए तीन साल से ज़्यादा समय हो चुका है तो ऐसे में अब आपको कंपनी जो है बंधन में आ चुके हैं कि आपको जब भी क्लेम जाएगा तो आपका क्लेम सेटल करना ही पड़ेगा कंपनी को कंपनी रोक नहीं सकती क्या ये हमेशा ऐसा होने वाला है नहीं काफ़ी सारे केस ऐसे हुए दोस्तों कि ये सारा काम होने के बाद भी और तीन साल के बाद भी अगर कंपनी को कुछ चीज़ें पता चली है तो कंपनी ने रोके हैं क्लेम्स और अगर आप इसको अंधाधुंध विश्वास करने लगोगे तो आप फंस सकते हो बेसिकली आप तो नहीं फंसोगे क्योंकि आप उस समय दुनिया में नहीं होने वाले हो लेकिन आपकी फ़ैमिली को इसका मेजर इंपैक्ट झेलने को मिलेगा तो आपको ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि आप ये काम जरूर करें कि आप अपनी कंपनी से कुछ ना छुपाएं और अपने जो है सिर्फ 45 के सेक्शन 45 के ऊपर अपने पूरे इंश्योरेंस को ना टिके रहने दें तो आपको सारी चीज़ें सारे डिस्कलोज़र्स अच्छे से देना ज़रूरी है हेल्थ चेकअप कराने की भी ज़रूरत पड़े तो हेल्थ चेकअप कराओ फिजिकल मेडिकल चेकअप कराओ सारी रिपोर्ट्स जमा करो तब जा कर के हेल्थ इंश्योरेंस लो इसी के अलावा काफ़ी सारे केसेस भी हैं जिनके अंदर में कंपनी आपके क्लेम्स को रोक सकती है तो चलिए वन बाय वन हम सभी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है कि आप अगर अपनी प्रीमियम की ड्यू डेट्स को काफ़ी फ्रिक्वेंटली मिस करते रहते हो तो ऐसे में भी आपकी जो इंश्योरेंस कंपनियां आपके क्लेम को रोक सकती है हालांकि ज़्यादातर ये काम कर करती नहीं कंपनी लेकिन अगर आप ज़्यादा ही फ्रिक्वेंटली यह काम करते हो तो काफ़ी बार हो सकता है कि कंपनी आपके क्लेम को रोक ले अगर आप अपने ड्यू डेट्स को मिस करते रहते हो और अगर आप कभी ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए एक्सीडेंट के अंदर में आपको कुछ हो जाता है तो कभी भी आपकी जो है इंश्योरेंस कंपनी टर्म इंश्योरेंस आपको कभी भी क्लेम नहीं देने वाला है अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव में आपके एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है इसी के अलावा अगर आप डेथ हो जाती है अगर आपके किसी इलीगल एक्टिविटी के चलते लाइक like कुछ भी आप इलीगल काम करते हो ड्रग्स व्रग्स सप्लाई करते हो और उसके अंदर में आपकी डेथ हो जाती है या ड्रग के हैवी डोजेज की वजह से या हैवी नशे करने की वजह से आपकी डेथ हो जाती है तो ऐसे में भी आपको कंपनी कोई भी क्लेम नहीं देने वाली है और इसी के बाद अगली जो चीज़ है अगर आप सुसाइड सुसाइड से आपकी डेथ होती है तो सुसाइडल डेथ्स का भी कोई भी क्लेम नहीं देती है कंपनी लेकिन सुसाइड के, के केस में यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान देनी जरूरी है कि ये सिर्फ शुरू के सा, एक साल तक ही कंपनी कर सकते हैं आप पॉलिसी लेने के एक साल बाद सुसाइड करोगे <laughs> अगर आप पॉलिसी लेने के एक साल बाद सुसाइड करोगे तो आपको कंपनी क्लेम दे देगी इसी के अलावा एक और केस है जिसमें आपको कोई कंपनी आपका क्लेम नहीं देने वाली है अगर नॉमिनी ही पॉलिसी होल्डर का मर्डर कर देता है लाइक नॉमिनी को लगा कि हाँ पापा ने जो इंश्योरेंस कराया लाइक नॉमिनी को लगा कि पापा ने तो काफी अच्छे खासे अमाउंट का इंश्योरेंस कराया हुआ है और पापा की तो अब उम्र भी होने को आ रही है पापा को ये उड़ा दो तो अच्छा खासा क्लेम मिल जाएगा तो इस केस में भी कोई भी क्लेम आपको नहीं मिलेगा तो बच के रहना। इसी के बाद दोस्तों अगर आपकी किसी एडवेंचर स्पोर्ट में पैराग्लाइडिंग बंजी जंपिंग ये सारी चीज़ें करते वक्त आपका अगर डेथ हो जाती है तो ऐसे में भी कोई भी क्लेम आपको इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी वो बोल देगी हमने थोड़े ही कहा था कि जाके छतों पे से कूद तू जाके छलांगें लगा वो मना कर देगी हमने कोई क्लेम देने वाले इसी के अलावा दोस्तों अगर आप अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ छुपाते हो या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के वेटिंग पीरियड के टाइम में आपकी डेथ हो जाती है तो कंपनी बोल देगी कि अभी तो वेटिंग पीरियड चल रहा था अभी हम कोई भी आपको क्लेम नहीं दे सकते तो यहाँ पर भी आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलने वाला है इसी के अलावा दोस्तों फोर्स में जोर एक्ट ऑफ गोड ओ माई गोड फिल्म देखी होगी उसमें भी जो है प्रेश लावल का जो क्लेम रोका था कंपनी ने वो एक्ट ऑफ गोड बोल करके रोका था तो एक्ट ऑफ गोड बोल करके काफ़ी सारी कंपनी रोकती भी है और अगर एक्ट ऑफ गोड यानी फोर्स मेजर की वजह से आपकी कभी डेथ होती है तो इस केस में भी आपको क्लेम नहीं मिलने वाला लाइक तेज़ बारिश बारिश में किसी के डेथ क्यों होगी लाइक तेज़ तूफान लाइक तेज़ तूफान में आपकी डेथ हो जाती है बाढ़ की वजह से आपकी डेथ हो जाती है आपके ऊपर लैंडस्लाइड हो जाती है तो इस केस में आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलने वाला है इसी के अलावा प्रेगनेंसी में डिलीवरी के टाइम पे अगर डेथ हो जाती है लेडी की तो उसमें कोई क्लेम नहीं देती है कंपनी इसी के अलावा एड्स या एच आई की वजह से किसी की डेथ होती है तो इसमें भी कंपनी दाएक दाएक दाएक कोई भी क्लेम नहीं देती है तो दोस्तों ये तो आपने जाना कि किन किन केसेज में आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलने वाला है इसी के बाद हम बात कर लेते हैं वो लाइफ इंश्योरेंस की आय हाय हाय तो दोस्तों ये किसी भी काम का नहीं होता है क्योंकि एक तो टर्म इंश्योरेंस से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको देनी पड़ती है चार से पांच गुना प्रीमियम ज़्यादा होती है इसकी और ऊपर से ऊपर से आपको वॉल लाइफ टर्म इंश्योरेंस की वॉल लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं होती है क्योंकि आपको लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ तब तक चाहिए जब तक आपकी अर्निंग एज है और जब आपकी अर्निंग की एज खत्म हो चुकी है आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट ही नहीं बचा है तो ऐसे में आपको क्या ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस सॉरी क्या ही आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत होगी तो हमेशा आपको अपनी सिर्फ अर्निंग एज तक का इंश्योरेंस लेना ज़रूरी होता है जो कि आपकी 60 से पैंसठ सत्तर साल तक की हो सकती है इससे ऊपर का इंश्योरेंस लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि जब तक आप 70-60-70 साल के होंगे तो आपके बच्चे भी काफ़ी बड़े हो जाएंगे वो कमाने की स्थिति में आ जाएंगे और जब वो कमाना शुरू कर देंगे तो ऐसे में तो इंश्योरेंस की ज़रूरत उन्हें होने वाली है ना कि आपको इसी के अलावा दोस्तों आ जाते हैं मेरा फेवरेट टॉपिक यूलिप और एंडोमेंट प्लान अगर आपने किसी एजेंट से इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो आप अपनी पॉलिसी को उठा देख लो नाइन्टी से ज़्यादा परसेंट पॉलिसीज़ होने वाली है यूलिप और एंडोमेंट प्लान्स ये क्यों बेचते हैं ये बेचने का सिंपल सा रीज़न है उनका कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा कमीशन इसके ऊपर मिलता है यानी आपका जो पैसा जाता है उस पैसे में से काफ़ी बड़ा हिस्सा इन लोगों को मिल जाता है जो कि इंश्योरेंस एजेंट्स को काफ़ी सारे इंश्योरेंस एजेंट्स आपको ये इसलिए पिच करते हैं और जो मैं नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ कि ये पॉलिसी बेची हुई है एजेंट्स ने वो मेरे घर में भी एक बेची हुई है मेरे खुद के पापा को पता नहीं वो उन्होंने क्यों ली लेकिन लाइक वो काफ़ी टाइम पहले से चलती आ रही है और अब वो बंद भी नहीं कराते और जब मैं बोलता हूं कि इसको बंद करा दो मैं इससे ज्यादा अच्छी आपको दिलवा दूंगा तो वो मेरे को ऐसे सरकास्टिकली देखते हैं कि मेरे को भाई दर्द लगने लगता है तो मैं ये इस बारे में ज्यादा बोलता भी नहीं हूं तो अपनी जान बचाना भी तो काफ़ी जरूरी है मेरा तो टर्म इंश्योरेंस भी नहीं है अभी तक <laughs> तो मैं बताता हूँ मुझे यूलिप्स और एंडोमेंट्स प्लान बुरे क्यों लगते हैं तो एंडोमेंट प्लान में क्या होता है वो बोलते हैं कि आप 20 साल तक 30 साल तक इतना अमाउंट दो और 30 साल के बाद आपको इसका डबल वापस मिल जाएगा या आपने जितना पैसा दिया है वो सारा आपको वापस मिल जाएगा फ़ायदा क्या हो रहा है इस चीज़ का आप जितना पैसा दे रहे हो उस पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है या थोड़ा इंटरेस्ट मिल रहा है उसके बाद में वापस मिल रहा है आप हमेशा कैलकुलेट करके देखना आपको एंडोमेंट प्लान से ज़्यादा रिटर्न तो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में आ जाएगा और अगर आफ्टर इन्फ्लेशन बात करें तो वो तो सेविंग बैंक अकाउंट का ही जो रिटर्न है वो कुछ नहीं होता तो एंडोमेंट का प्लान का तो बिल्कुल ज़ीरो बिल्कुल नेगेटिव होने वाला है आपके अपने पैसे बर्बाद ही होने वाले हैं अगर आप एंडोमेंट प्लान में डालो तो जो यूलिप है यूलिप में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है आपको इस टाइम के बाद डबल मिलेगा वो बेसिकली मार्केट के फ्लक्चुएशंस के ऊपर डिपेंड होता है लेकिन उसमें भी कुछ ज़्यादा आपको मिलता नहीं है चार से पाँच छः परसेंट तक का जो है रिटर्न आपको मिलता है आपके यूलिप के ऊपर तो मैं कोशिश कि आप कभी भी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए क्योंकि काफ़ी सारे एजेंट बोलते हैं कि आप ये जो है ये इंश्योरेंस ले लो इस इंश्योरेंस में आपका इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा एज़ वेल एज़ इंश्योरेंस भी आ जाएगा तो ये ना तो इंश्योरेंस की कमी पूरा कर रहा है क्योंकि इसमें आपको रिटर्न इतना कम मिल रहा है अगर एडजस्टेड इन्फ्लेशन को हम छः लें और छः ही इसका जो रिटर्न है वो ले लें तो दोनों को अगर हम डिफरेंस लेंगे तो जीरो आ जाएगा आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा एडजस्टेड इन्फ्लेशन तो एडजस्टेड इन्फ्लेशन जीरो रिटर्न है यूलिप के अंदर में और अगर आप अपने इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस यूलिप और एंडोमेंट प्लान में कितना होता है दो लाख ,00 रुपये का पाँच लाख ,00 रुपये का यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आपको जो आपका टर्म इंश्योरेंस लेना है वो आपकी साल की इनकम के कम से कम भी दस गुना होना चाहिए क्या आपके साल की इनकम पचास हज़ार है जो आपको पाँच लाख ,00 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस काम कर देगा क्या क्या आपकी साल की इनकम बीस हजार रुपये है जो कि आपको दो लाख रुपये का सिर्फ टर्म इंश्योरेंस काम कर देगा नहीं दोस्तों तो इसलिए आपको इन सारी चक्करों से दूर बज के बैठना है आपको कभी भी इन झांसे में नहीं पढ़ना है एंडोमेंट प्लान के और यूलिप के झांसे के अंदर हमेशा आपको इंश्योरेंस को और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करना है अलग अलग इंश्योरेंस लेना है और अपनी लाइफ को मज़े से जीना है कुछ भी ज़्यादा लोड नहीं लेना है और मैं काफ़ी ज़्यादा बोल जाता हूँ कभी कभी और आखिरी पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाता है कि आपको सिर्फ अपने फैमिली के अर्निंग मेंबर का ही लाइफ इंश्योरेंस लेना है अब आप बोलोगे कितनी बार बोलेगा इस पॉइंट को लेकिन हाँ दोस्तों काफ़ी सारे गलती करते हैं कि वो अपने बच्चों का भी लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं अपनी वाइफ का भी हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं जो कि अर्निंग मेम्बर है ही नहीं तो सिर्फ अर्निंग मैंबर को ज़रूरत होती है लाइफ इंश्योरेंस की इसके अलावा किसी को नहीं तो आपको सिर्फ अपने खुद का हेल्थ इंश्योरेंस लेना है बेसिकली बच्चों का तो मिलेगा भी नहीं है लेकिन वाइफ का काफ़ी सारे लोग ले लेते हैं तो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ तो दोस्तों मुझको लगता है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी सारी चेकलिस्ट क्लियर्स हुई होंगी इस वीडियो के अंदर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या क्या पॉइंटर्स जो कि आपको देखना ज़रूरी है इन इंश्योरेंस को लेने से पहले तो मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रिंट्स कमेंट्स में भी मिल सकता है तो जरूर वो वीडियोस देख लीजिएगा अगली वीडियो में मैं बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ तब तक के लिए बाय बाय